से बताई कितना प्यार करी ले जान से भी ज्यादा हम तुह तो पे मरी ले प्यार के निशानी दे हम पाया तो तुहरा पा